भारतीय अरबपति गौतम अडानी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। बीते 10 दिनों में उनकी नेटवर्थ बावन अरब डॉलर तक गिर गई है और दुनिया के अरबपतियों की लिस्ट से खिसककर अब वो इक्कीसवें पायदान पर पहुंच गए हैं। रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी समूह के हालात से बदतर होते जा रहे हैं इसी बीच अमेरिका से भी उनके लिए बुरी खबर आई है जिसके बाद अडानी ग्रुप के शेयर शुक्रवार को धड़ाम से नीचे लुढ़क गए आपको बता दें कि अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडन वर्ग की रिपोर्ट के बाद से ही अडानी समूह के शेयर सुनामी की तरह बह रहे हैं लेकिन अब अमेरिका के डॉजोन सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स से भी अडानी ग्रुप का पत्ता साफ होता नजर आ रहा है क्योंकि इंडेक्स ने अडानी एंटरप्राइज को शेयर से बाहर करने का ऐलान कर दिया है आपको बता दें कि डॉजोन सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स ने अडानी एंटरप्राइज को बाहर करने का फैसला कंपनी के लगातार गिरते शेयरों की वजह से किया है हिन्नर की रिपोर्ट में अडानी ग्रुप के शेयर में हेयरफेयर और काउंटिंग फ्रॉड समेत कई दावे किए गए हैं जिसके बाद तमाम आरोपों को लेकर इंडेक्स ने मीडिया स्टेक होल्डर एनालिसिस के बाद कार्रवाई करते हुए कंपनी को हटाने का फैसला किया है रिपोर्ट के मुताबिक 7 फरवरी को कंपनी को टॉच जोन से हटा दिया जाएगा इसके बाद डॉ इंडेक्स के अडानी एंटरप्राइज को बाहर निकालने के फैसले की खबर का सीधा असर कंपनी के शेयरों पर दिखाई दिया है शेयर मार्केट में दिन का कारोबार शुरू होते ही इनमें जोरदार गिरावट आई और ये 35 फीसदी तक टूट गए खबर मिलने तक अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड के स्टॉक्स पैतीस या यू कह लीजिए पांच टूटकर एक हो गए है इसके अलावा अडानी पावर में शुक्रवार को भी लोअर सर्किट लगा है और ये पांच कर एक सौ रुपए पर ट्रेड कर रहे हैं अडानी टोटल गैस में भी एक सर्किट आज फिर लगा है और पांच रुपए पर कारोबार कर रहे हैं। अमेरिका से पहले अपनी संपत्ति में किरावट के सबसे बुरे दौर का सामना कर रहे गौतम अडानी को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की ओर से भी बड़ा झटका लगा है गुरुवार को स्टॉक मार्केट के एनएससी ने अडानी ग्रुप की तीन कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस अडानी पोर्ट्स और अम्बूजा सिमेंस को एडिशनल सर्विलांस मेजर्स यानी ए के तहत रखने का बड़ा फैसला किया है इस सेबी का कंपनियों की निगरानी करने का एक ऐसा तरीका है जो निवेशकों की रक्षा के लिए उठाया जाता है अब अदानी की कंपनियों के शेयर में भारी गिरावट के चलते तीन कंपनियों को निगरानी में लिया गया है